मे राधे राधे बरसा में राधे राधे गुजरी में राधे राधे यमुनासा मेराधे राधे राधे राधे बोल तू राधे राधे बोल मई प्यारी श्री राधे विष्णु मुरारी जिसके प्रेम अधीन हो गए नंदन श्री नंद नंदन कृष्ण मुरारी ना कोई तोल मोल रे बिके विखे मोल रे न कोई तोल मोल रे पूरा दे रे बोल रे नाम अनमोल रे पूरा दे रे बोल रे राम अनमोल रे की सारी गलिया तुझे राधे नाम से तू तू मेरा मेरा से नाम से राधे को सारा ब्रज आराधे कृष्ण सखा ब्रज धाम के धाम से, से। नमन तू डोल रे ये अमृत घोल रे तूरा राधे रख रा बोल रे राम मोल रे तूराध राधे बो एक युगल छवि राज श्याम की दुनिया हुई दीवानी दुनिया हुई दीवानी दीवानी दुनिया हुई पूज रही व्रज के कण कण में पावन पावन प्रेम प्रेम कहानी कहानी पावन प्रेम कहानी पावन धर बोल रे नाम अनमोल गुराध रग बोल रे नाम अनमोल गुराध रे जीवन खिल जाएगा जीवन जीवन खिल खिल जाएगा, खिल जाएगा। राधे जी की कृपा से तुझे तो तो सवरिया मिल जाएगा मिल मिल जाएगा, मिल जाएगा। तू में पर ध बोल रे नाम अनमोल मिलेगा सामवरिया मिलेगा सांवरिया पट खोल रे राध रध बोल रे